टू टेक्निकल सफारी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जूम क्लाउड मीटिंग ऐप पर किस तरीके से अपना साइनअप करके अकाउंट बना सकते हैं और इसकी सेटिंग्स किस तरीके से आप कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपना प्ले स्टोर खोल ऊपर सर्च बार में टाइप करना होगा जूम क्लाउड मीटिंग ऐप और जैसे आप इसे सर्च करते हैं आपके सामने एक लिंक आ जाएगा यानी कि एक ऐप का आइकन आएगा इसे आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे मेट्रे मतलब इंस्टॉल कर लेंगे मैंने यहाँ पर पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है तो हम जाते हैं जहाँ पर ये हमारा इंस्टॉलेशन हुआ पड़ा है मैंने यहाँ पर ये यह इंस्टॉल किया है ये जूम ऐप मीटिंग ऐप है मैंने इस पर क्लिक किया और इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद क्या है कि अगर आप इस लॉगिन नहीं करना चाहते डायरेक्टली आप किसी मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन और मीटिंग पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं मीटिंग के आई और पासवर्ड डाल के उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाना आप चाहते हैं कि इस अकाउंट में अपनी डिटेल्स कोट करके आप भी कोई मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज कर सकें तो आपको इसके लिए सबसे पहले इसे साइनअप करना होगा साइनअप पर जाएंगे आपको अपना यहाँ पर एक अकाउंट बनाना होगा साइनअप पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपसे वो मानता है कि वेरिफिकेशन के लिए आप अपनी डेट ऑफर दीजिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफर देनी होगी जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ सात जुलाई नाइन uh, नाइनटी है और इसे यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के मैंने सेट कर दिया अब यहाँ पर हमसे ई मेल मांगता है तो हमें अपनी ई मेल आई यहाँ पर दे देनी है जो भी हमारी रजिस्टर्ड मेल आई हम रखना चाहते हैं इसमें हमने यहाँ पर अपनी एक ई मेल आई टाइप कर दी है के बाद हमारा फर्स्ट नेम हमने अपना फर्स्ट नेम डालना है और हमें अपना लास्ट नेम यहाँ पर डालना है और पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद ये जो है एक आपको एक्टिवेशन मेल सेंड करेगा आपकी मेल आई पर आपको यहाँ पर जाके उसे वेरीफाई करना होगा साइन अपर हमने क्लिक किया ये यहाँ से सेंड हो जैसे हम यहाँ पर अपनी मेल खोलेंगे हमें यहाँ पर एक लिंक रिसीव हो जाएगा मैं अपने मेल पर आया और यहां पर आप देखेंगे मेल पर जूम से एक वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है अकाउंट हमने इसे एक्टिव अकाउंट पर क्लिक किया क्लिक करते साथ ही हमारा अकाउंट आगे का खुलकर आ गया है अब हमें यहां पर आगे की डिटेल जो है वो खुद करनी है हमें इसका एक पासवर्ड रख लेना है मैं एक पासवर्ड रख लेता हूँ उसका ए बी सी एट द रेट वन टू थ्री फोर करके सेम पासवर्ड यहाँ पर हमें टाइप करना है ए बी सी एट द रेट वन टू थ्री फोर करके हमें यहाँ पर क्लिक करना है कि हाँ ये हम फिजिकली हम खुद टाइप कर रहे हैं कोई रोबोट नहीं है ये यहाँ पर आप पढ़ेंगे यहाँ पर ये लिखा आ रहा है आज साइनिंग टू बिहाफ तो और प्राइमरी सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन यहां पर नो करेंगे तो ये हम प्राइवेट में यूज करने वाले हैं और इसे कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करने के बाद यहां पर हमारा ईमेल एड्रेस दोबारा से मांगता है हम यहां पर जिसे इनवाइट करना चाहते हैं यहां से इनवाइट कर सकते हैं लेकिन हम इसे स्किप करेंगे स्किप करने के बाद स्टार्ट मीटिंग नाउ पर हमें क्लिक करना है और ये हमारा ऐप प्रिपेयर हो गया है मीटिंग के लिए अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है तो किस तरीके से है? सबसे पहले आपको क्या करना है अपना साइन इन कर लेना है साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसे लॉग इन कर लेना है अब यहाँ पर हम कुछ सेटिंग्स करेंगे और उसके बारे में जानेंगे सबसे पहले ये नीचे देखेंगे आप सेटिंग ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे बेसिक डिटेल पर आ क्लिक करना है हमें आपको मैं बता दूं कि आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं जूज़ फ़ोटो में जाके कर गैलरी से जाके अगर आपकी ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको अपना जो ऐप है उसे अपडेट करना होगा प्ले स्टोर से जाके फिर नीचे आप देखेंगे यहां पर मेरा अकाउंट यानी कि मेरी ई मेल आ रही है मेरा डिस्प्ले नेम शो हो रहा है यहाँ से मैं चाहूँ तो इसे चेंज भी कर सकता हूँ ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने स्टार्टिंग में डाला था रजिस्टर करते हुए डिस्प्ले नेम में जो चाहे वो रख सकता हूँ अपना दैन उसके बाद हमें सेव करना है पर्सनल नोट अगर हमें यहाँ पर अपना कुछ रखना है तो हम वो भी यहाँ पर रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं नहीं रख रहा हूँ फिलहाल अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पर वो टाइप करके इसे सेव कर सकते हैं अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है यानी कि अपडेट करना है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं आपको उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट है अगर आप किसी डिपार्टमेंट में आपका कोई जॉब टाइटल है तो आप यहाँ पर जा उसे भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करके उसकी डिटेल डालनी होगी उसके बाद हमारे यहाँ पर पर्सनल मीटिंग आईडी आ गया है यानी कि जो हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है लाइक का आधार कार्ड जैसा आधार कार्ड का नंबर सबका अलग अलग होता है ऐसे ही जूम ऐप के अंदर सबकी एक यूनिक आईडी होती है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पर्सनल मीटिंग आईडी ये एक हमारी यूनिक आई होती है जो कि हमारी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है जूम ऐप पर फिर हमारा आता है डिफ़ल्ट कॉल इन कंट्री रिलीजन यहाँ पर हम चाहें तो किसी भी कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ से हमारे जूम ऐप पर कोई मीटिंग है तो वो अटेंड कर सकता है लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तो वो कहीं से भी अटेंड की जा सकती है हम किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं तो हमें इसे नोट सेट ही रखना है यूज़र टाइप बेसिक हमारा यूज़र टाइप बेसिक है क्योंकि हम यहाँ पर फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं हमने कोई पेड वर्ज़न यहाँ पर नहीं लिया हुआ है फिर नीचे हमारा ऑप्शन आता है लाइसेंस का लाइसेंस पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर आ रहा है हमारा मीटिंग हंड्रेड पर हंड्रेड यानी कि सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड लॉक्स जो हैं हंड्रेड पर्सन जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इससे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस वर्जन पर उसके बाद यहाँ पर एक यूज़ फ़िंगरप्रिंट प्रिंट अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट है तो आप यहाँ पर अपना लॉगिन इन की फिंगर से भी कर सकते हैं आई होप आप ये समझ चुके होंगे मैं यहाँ से बैक आता हूँ ऊपर मैंने बैक कर दिया फिर हम आते हैं मीटिंग्स पर मीटिंग्स पर क्लिक किया हमने यहाँ पर हमारा ऑटो कनेक्ट टू ऑडियो आ रहा है यहाँ पर हमें ऑफ ही रखना है हमें यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है फिर हमारे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज म्यूट माई माइक्रोफोन यानी कि आप जब वीडियो कॉलिंग करते हैं तो आपका माइक्रोफोन जो है म्यूट होना चाहिए या अनम्यूट होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली वो कॉलिंग होती ही साथ में वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती ही साथ वो अनम्यूट हो जाए तो आप यहाँ पर इसे ग्रीन कर देंगे नहीं तो आप इसे ऑफ रखेंगे यानी कि जब आप चाहते हैं तभी इसे अनम्यूट करें सेम टू सेम यहाँ पर वीडियो के लिए ऑप्शन है जो आपको मैंने बताया कि आप चाहते हैं डायरेक्टली ऑफ़ हो जाए वीडियो मतलब ऑफ़ वीडियो है वो डायरेक्टली ऑन हो जाए या ऑफ रखना है आपकी मर्ज़ी से हो ऑन हो तो आपको यहां पर वो सेटिंग कर लेनी है अगर आप इसे ग्रीन करते हैं तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा वीडियो कॉलिंग होती ही साथ अगर आप इसे ऑफ रखना चाहते हैं तो इस तरीके से होगा फिर आपका आता है मीर और वीडियो यानी कि आप कई बार ऐसा देखते होंगे जैसे हम सेल्फी लेते हैं सेल्फी में क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन होता है या सामने अगर कुछ लिखा होता है तो हमें वो अपोजिट दिखता है उल्टा दिखता है लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि एज इट इज़ जैसे सामने वाला बैठा है हमें सेम टू सेम वही दिखे एक्योरेट दिखे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है हमारी जो पिक्चर उनके पास जा रही है सेम टू सेम जाए उस कंडीशन में हमें यहाँ पर मिरर माई वीडियो को ऑन रखना है यानी कि ग्रीन रखना है ताकि एज इट इज़ जो आप वहाँ पर शो करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम वहाँ पर शो हो सके फिर उसके बाद आपका ऑप्शन आता है ऑलवेज शो वीडियो प्रिव्यू हाँ जी हम चाहते हैं हमेशा हमारी वीडियो जो है वो डायरेक्टली दिखे वहाँ पर अगर आप चाहते हैं जॉइनिंग के बाद चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो जॉइनिंग के बाद अगर आप चाहते हैं कि वो सामने दिखे आपकी मर्जी से तो आप इसे ऑफ रखिए जब आपको दिखाना हो तो आप ऑन कीजिएगा नहीं तो ऑफ़ रखिए और अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस होते, होते साथ कनेक्ट होते साथ आपकी वीडियो सामने वाले को दिखे तो इसे आपको ग्रीन रखना है फिर नीचे आपका ऑप्शन आता है शो नो वीडियो पार्टिसिपेंट यानी कि हम चाहते हैं कि सारी की सारी जो वीडियोस हैं पार्टिसिपेंट्स की वो हमें शो हो और उन्हें भी हमारी वीडियोस शो हो तो इसे हमें ग्रीन रखना है आप चाहते हैं कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम शो हो तो आपको यहाँ पर इसे ग्रीन रखना है आपका जो अगर कोई मीटिंग आप अरेंज करते हैं तो आपका जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली कॉपी होकर आप उन्हें सेंड करना चाहते हैं अपनी मीटिंग के लिए तो अगर ऐसा ऑप्शन आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उससे कॉपी हो सके तो इसे आपको ऑन रखना है आपको अगर कोई पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर ऑफ रख रहे हैं यानी कि हम चाहते नहीं हैं कि वो यहाँ पर शो हो तो आप यहाँ से उसे हटा सकते हैं आप चाहते हैं कि आपकी जो पार्टिसिपेंट्स से बात हो रही है मीटिंग हो रही है वहाँ पर ओरिजिनल साउंड यूज़ हो तो उसके लिए हम इसे ग्रीन ऑप्शन पर ऑन रखेंगे आपको अपना टाइम देखना है मीटिंग में कि यानी कि हम अगर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो हमारा कितना टाइम बचा है यानी कि कितना बैलेंस टाइम हमारे पास है मीटिंग को अटेंड करने के लिए मीटिंग को पूरा करने के लिए तो आप इसे हमेशा ग्रीन रखेंगे उससे आपका टाइम जो है हमेशा शो होता रहेगा सेफ़ ड्राइविंग मोड को हमें ऑन रखना है यहाँ पर यहाँ पर आप स्किन रिएक्शन ले सकते हैं कि आपको कैसे चाहिए हम डिफॉल्ट पर रखेंगे हमें डार्क लाइट या कुछ भी अलग नहीं करना है और हम हम यहाँ से बैक आ जाएंगे बैक आने के बाद हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ जाते हैं यानी कि हमारे जो फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं अगर हम उन्हें रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं किसी मीटिंग में तो हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं उन्हें इेबल करके इसे हम बैक करेंगे बैक करने के बाद हम यहाँ पर जनरल सेटिंग पे आते हैं जनरल सेटिंग हमारी जो रिंग वगैरह हैं यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं ये तो बैक करना है हमें इसे डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए अब हमारा जो ऑप्शन आता है फिर हम मीटिंग पे क्लिक करेंगे मीटिंग में क्या है यहाँ पर हमारी मीटिंग आई शो हो गई है जो आपको मैंने बताया था कि यूनिक आइडेंटिटी होती है आपकी वो आपके यहाँ से होती है आप यहाँ पर सबसे पहले एडिट पर आएंगे सबसे पहले हमारा यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिटी आई आ गया यानी कि जिससे मैंने आपको बताया था कि एक जूम ऐप की जो है एक डिजिटल आइडेंटी आपको मिलती है वो आपके यहां पर शो कर दिए फिर इसके बाद यहां पर आपको ये दिया गया है कि आपको मीटिंग के लिए अपना कोई पासपोर्ट रखना है जैसे यहां पर आप क्लिक करते हैं इस पासपोर्ट को आप जितनी मर्जी बात चेंज कर सकते हैं अलग अलग मीटिंग्स के हिसाब से फिर हमारे यहाँ पर आ गया है वेटिंग रूम यानी कि अगर आप कोई भी अपना वेटिंग रूम यानी कि अगर कोई कॉल कर रहा है यानी कि मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो वो वेटिंग में रहे या नहीं रहे ऐसा ऑप्शन आपको रखना है तो आप यहाँ से ग्रीन करेंगे फिर आपका ऑप्शन ये आता है ओनली अलाउ ऑथेंटिकेशन यूज़र हमें इसे ऑफ रखना है रीज़न क्या है कि ज़रूरी नहीं है हम हर बार जिसके साथ मीटिंग कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेशन पर्सन ही होगा हो सकता है अननोन पर्सन के साथ हमारी मीटिंग हो रही हो तो इसे हम ऑफ रखेंगे इस कंडीशन में क्या है कि हमें उसमें ज़्यादा सेटिंग छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग के बाद यानी कि होस्ट के आने के बाद वही मीटिंग में अलाउ करें कि आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या नहीं तो आपको ये ऑप्शन यहाँ से ऑन रखना है अगर आप चाहते हैं कि वो डायरेक्टली मीटिंग सिर्फ अपना आइडेंटी और पासपोर्ट के ज़रिए यानी कि जूम आईडी और पासवर्ड के जरिए वो डायरेक्टली मीटिंग ज्वाइन करें उसको किसी और की परमिशन नहीं लेनी पड़े तो इसे आपको ऑफ रखना है फिर आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है नीचे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग मीटिंग अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी मीटिंग चल रही है जूम ऐप का उसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसे ग्रीन करेंगे और यहाँ पर आपकी लोकेशन जो भी होगी वहाँ पर वो सेव हो जाएगा यहाँ से आप अपने जो यूज़र्स हैं अलग कंट्रीज़ के जिन्हें आप ब्लॉक करना चाहते हैं या अनब्लॉक करना चाहते हैं वो यहाँ से कर देंगे फिलहाल दादी की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक आप मीटिंग की आइडेंटिटी आप किसी को नहीं देते कोई भी आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो आप इस सेटिंग करके इसे सेव कर देना है सेव करने के बाद ये आपका पूरा ऐप मीटिंग के लिए तैयार है और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इन्विटेशन भेज सकते हैं सेंड इन्विटेशन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी मैथड ले सकते हैं मैं मैसेज का लेना चाहता हूँ मैंने यहाँ पर एक लिंक जो है वो मैसेज के जरिए किसी को भेज दिया है मैं अपने आप को ही भेज देता हूँ सेकंड नंबर पे। पर तो हमने सेंड कर दिया है okay, ये ये लिंक सेंड हो चुका जैसे ही हम इस इस पे पे क्लिक क्लिक क्लिक करते हैं यानी कि मेरे पास आएगा और मैं ऐप पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना स्टार्ट हो, हो चुका है और ये मीटिंग कनेक्ट हो चुकी है अब हम इस मीटिंग को एंड कर देंगे आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आएंगे तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी टेक्निकल वीडियो मिले सबसे पहले धन्यवाद